क्या ओ सॉरी कैमरा तो ओ न तो वालेकुम गाइस मार्क भैया ने ना खुश कर दिया क्यों क्योंकि जैसे ही यार मैंने इस खबर सुनी ना तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने क्यों ना यार वीडियो बना दी जाए तो मार्क भैया ने भी अब पाकिस्तानियों को इजाज़त दे दी है कि वो भी फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं अब पैसे कैसे कमा सकते हैं गाइस आपको पता है कि फेसबुक पेज मोनीटाइजेशन होती है फेसबुक में और ये बाहर की कंट्रीओं में था लेकिन अब मार्क भैया ने नेविशली तो अभी लॉन्च नहीं किया लेकिन पाकिस्तान को ऐड कर लिया यानी कि पाकिस्तान की जो उर्दू लैंग्वेज है ना उसको उस लिस्ट में ऐड कर लिया है अब बहुत जल्द फेसबुक की मोनिटाइजेशन पाकिस्तान में ऑन होने वाली है और इसका जो क्राइटेरिया है ना वो सिर्फ छः लाख आपके व्यूज़ होने चाहिए एक महीने में और आप लोगों के एक हज़ार फॉलोअ एक हज़ार से ज़्यादा फॉलोवर वगैरह होने चाहिए यूजली जो मैंने सुना है कि वो छः हज़ार व्यूज़ होने चाहिए बहुत से लोग पाकिस्तानी फेसबुक से पैसे कमा भी रहे थे उसको समझ गए हो जुगाड़ लगाते हैं अब जुगाड़ का पता है तो जुगाड़ लगाना तो काफ़ी सारा डिफिकल्ट हो जाता है लेकिन मैं आप लोगों को वो रेकमेंड नहीं करता लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि गाय अभी तक अगर आप लोग एक यूट्यूबर हो या फिर आप लोग एक क्रिएटर हो चाहे आप Facebook पे हो सॉरी चाहे आप TikTok पे हो या फिर snack वाले हो टिकट रहो तैयार हो जाओ अगर आप लोग क्रिएटर होना या फिर आप लोग यूजली वैसे ही वीडियोज़ बनाते हो फन के लिए तो आप लोग Facebook पर एक पेज लाजमी बनाओ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पेज तो बनाए होते हैं लेकिन उनको ऑप्टीमाइज़ नहीं किया होता है फेसबुक पेज को ऑप्टिमाइज़ भी करो अगर आप लोगों को नहीं करना आता तो आप लोग नीचे कॉमेंट करो मैं आप लोगों के लिए फेसबुक पेज किस तरह से ऑप्टिमाइज किया जाता है एकदम प्रोफेशनल वे में वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा एकदम मोबाइल से यस मोबाइल से किस तरह से फेसबुक पेज ऑप्टिमाइज किया जाता है वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की जो हाफ से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग है ना वो मैंने मोबाइल से किया और फाइव पीयर मैंने यूट्यूब के ऊपर स्पेंड किए हैं यूजली आप लोगों को मेरे मेन चैनल पर इतनी वीडियोज़ नजर नहीं आई लेकिन इस मेन चैनल के ऊपर भी मैंने 400 प्लस से वीडियोज़ को अपलोड करके डिलीट किया हुआ है वो मिक्स वीडियो थी इसलिए इसके अलावा भी मेरे पास एक सेकंड चैनल था जिसको मैंने यूट्यूब सॉरी मैंने नहीं यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया था और उस पर भी दो से तीन लाख सब्सक्राइबर मेरे थे अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए मैंने कहा कि फ्यूचर में जब ये वीडियोज़ देखूँगा तो तब शायद रिमाइंडर के लिए तो रिमाइंडर के लिए ये चीज़ें मुझे याद आ जाएँ तो इसके लिए ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि फाइव ईयर हो चुके हैं और डिजिटल मार्केटिंग आधे से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग मैंने अपने मोबाइल से किया जो मुझे जो स्किल्स आती हैं ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो एकदम जिसे कहते हैं इंसान खा प जाता है वो है गूगल एड्स ट्विटर एड्स लिंकड इन सोशल मीडिया ऑटिमाइजेशन और सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग इस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैनवा से भी कर लेता हूं और फोटोशॉप भी थोड़ी सी आती है लेकिन ज़्यादातर मैं मोबाइल से भी कर लेता हूं ग्राफिक डिज़ाइनिंग अभी मुझे कंप्लीट तो नहीं आती क्योंकि डिज़ाइनिंग एक क्रिएटिव इंसान का काम होता है तो वो मैं इतनी नहीं कर सकता लेकिन मैं कर लेता हूं इसके बाद वीडियो एडिटिंग वगैरह में कर लेता हूँ तो और भी बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे लेकिन मार्क भैया ने ये हमें बहुत ही अच्छी खुशखबरी दी है अभी से ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना इसको मैं अभी फेसबुक पेज पर भी अपलोड करूँगा क्योंकि मेरा फेसबुक पेज ऑलरेडी बना हुआ है और इसको मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करूँगा और हो सका तो इसको मैं अपने लिंकड इन प्रोफाइल पर भी अपलोड कर दूँगा दी जैन वन से और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया हुआ तो अभी से यार फॉलो करना शुरू कर दो बस मैंने आप लोगों को ये छोटी सी अपडेट देनी थी और बीच में मैंने आपको अपना भी बता दिया इन कोशिश होगी कि उम्मीद के आप लोगों के लिए ना मैं रेगुलर वीडियोस लेकर आऊँ फेसबुक पर भी जो मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाता हूँ उसी को मैं अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड करूँ क्योंकि जो यूट्यूब पर नहीं देख सकते वो फेसबुक पर लाजमी देखें और इन शह के अंदर जितनी भी चीज़ें हुआ करेंगी हम उनको कवर करने की कोशिश किया करेंगे और इन श्यूचर में भी बहुत सारी अब आने वाली हैं बहुत स... इस तरह क्रिप्टो की रिकॉर्डिंग में बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं और एक सेकेंड चैनल भी मैं सोच रहा हूँ मैं बनाऊँ जो कि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल बेस हो क्या यहाँ पर आप लोगों को टुटोरियल सिखाए जाए एकदम लम्बे लम्बे ठीक है जो भी मैंने अपनी लाइफ में सीखा है इन पाँच सालों में वो आप लोगों को सिखाया जाए अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि तो इसकी जितनी उम्र भी नहीं है तो देखो उम्र से नहीं इंसान पहचाना जाता अपने काम से पहचाना जाता अल्लाह हाफिज़